ये मके काट गया तो परवाने खत्म हो तो अच्छा आपका नंबर पिक नहीं कर कुत्ता को नहीं परवा ये कार गाड़ी सड़क को ये कुत्तेगिरी अपना को ये देख रही में कुछ नहीं मैं धक्का पहुंचा यार का तो करके कर रही से हमसे का पानी में माजी है बाजर अभी पूरा बाहर के बटन ये भी माला वो सारे अरे यार कंपनी जो ये ये, ये, ये ये पार का अरे भाई भाई यकुन फोन कर यार भाई कबन खबर यार कर कर मैं फोन नहीं डूंगा काना वो छिटाना चा हे बड़ा पारद ना गाएड फोन यार यार का का कंपनी भाई रहा जबरदस्त कंपनी की तरफ जा रहा है ये बड़ा एक यू ये ज्यादा टूद तो उन्होंने बदकू हो तो दिए। तो दिए। सब सब गंगारा भू समे टूट चलो यह भू या पानी कौन गया à petit bout et mon mobile